हाई हेलो असलकुम नमस्ते वेलकम बैक टू आर चैन दिलशास्त्र हम लोग कैसे सब लोग तो आज की वीडियो में मैं एक ज़बरदस्त फेस पैक दिखाने वाली हूँ जैसा कि न्यू ईयर आने वाला है तो एक दिन में आपके फेस पर ऐसी ग्लो जैसे गोल्डन ग्लो आ जाएगा इस फेस पैक से सो so, सारे स्टेप्स नहीं है बस टू स्टेप्स से आपके फेस पर ग्लो ला सकते हो एक दिन में जैसे कि आप इस वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखना किस तरीके से यूज़ करने वाले हों क्या क्या यूज़ करने वाले हूँ मैं आपको दिखाने वाली हूं सो लेट्स स्टार्ट लेट्सटार्ट वीडियो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं कि स्क्रब तो स्क्रब करने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए बस बहुत ही सिंपल सा है टमाटो यानी कि टमाटर सो टमेटो के प्रॉपर्टीज़ अपनी स्किन को बहुत ही बेनिफिशियल है आपको सबको पता है टोमेटो यूज़ करने से आपकी स्किन पर जो भी पिम्पल्स के दाग दब्बे होते हैं सब कुछ गायब हो जाएगा और इसके साथ साथ आपके फेस पर ग्लो आ जाएगा और इसके साथ हम लोग ले रहे हैं राइस फ्लोर यानी कि चावल की आटा सो राइस फ्लोर आपके फेस पर एंटी एजनिंग के जैसा काम करेगा और इसके साथ साथ आपको इस फेस स्क्रब यूज़ करने से आपको किस तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहेगा क्योंकि ये होम मेड है और सब कुछ नेचुरल है सब so बस आपको एक टमाटर हाफ लेनी है हाफ लेके चावल के आटे में इस तरीके से डिप करके फेस पर नेक पर हैंड्स पर जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पर इस तरीके से स्क्रब करनी है जैसा मैं दिखा रही हूँ बिफोर स्क्रब करने से फर्स्ट आपके फेस अच्छी तरीके से वॉश करनी है पानी से और इसके बाद इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको राइस फ्लोर में टमाटर डिप करके इस तरीके से स्क्रब करनी है बस आपको 5 मिनट्स ऐसे ही स्क्रब करने हैं और उसके बाद 10 मिनट्स ऐसे ही छोड़नी है तो टेन मिनट्स ऐसे ही छोड़नी है और उसके बाद थोड़ी सी रब करके आपको पानी से वॉश करनी है सो नॉर्मल वाटर से इस तरीके से वॉश करनी है फेस को तो फर्स्ट वॉश में ही आप फील कर सकते हो बहुत ही स्मूथ बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर आपकी स्किन की इस फेस स्क्रब को आप आ, वीकली थ्री टाइम्स यूज कर सकते हो नो इश्यूज क्योंकि ये नेचुरल है आ, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है सो नेक्स्ट वन ये है कि फेस मास्क तो इसको मुल्तानी मिट्टी चाहिए मुल्तानी मिट्टी अब सुपर मार्केट से मिल जाती है और उसके बाद चंदन पाउडर प्योर चंदन पाउडर आप सुपरमार्केट से भी मिल जाती है यानी कि अमेज़न फ्लिपकार्ट जहाँ पे भी ऑनलाइन में भी परचेस कर सकते हो मैं अमेजॉन से परचेस करके हूँ और इसको प्रिपेयर करने के तरीके फ़र्स्ट एक बाउल लेनी है उसमें राइस फ्लोर डालनी है चावल की आटा और उसके बाद डालनी है चंदन की पाउडर सैंडलवुड पाउडर और इसके बाद मुल्तानी मिट्टी बस एक एक स्पून डालनी है सो नेक्स्ट पिंच टर्मरिक यानी कि वाइल्ड टर्मरिक हल्दी डालनी है और इसके बाद वन टेबल स्पून ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन डालनी है और फाइनली कर यानी कि दही डालनी है इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करनी है सो स्मूथ पेस्ट करनी है और आपको चाहिए तो और दही मिला सकते हो इस स्मूथ पेस्ट को फेस पर अच्छी तरीके से ईविन से अप्लाई करनी है आपको ब्रश से अप्लाई कर सकते हो हैंड से अप्लाई कर सकते हो जैसा भी चाहिए ऐसा फेस पर नेक पर हैंड्स पर जहाँ भी चाहिए वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो सो so, इस तरीके से आपको फेस पर नेक पर अप्लाई करनी है बस आ, आपको चाहिए तो हैंड्स पर लेग्स पर जहाँ भी चाहिए आप वही भी यूज कर सकते हो ईवेंटली अप्लाई करनी है इवेंटली अप्लाई so करने के बाद ऐसे ही, ही जो भी छोटे पार्ट होते हैं सब कुछ मिट जाएगा रिड्यूस हो जाएगा और इसके साथ साथ इंस्टेंट ग्लो देगा आपके फेस पर और इसके साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं राइस फ्लोर राइस फ्लोर से आपकी स्किन बहुत ही अच्छी तरीके से वाइटनिंग होगा और इसके सो so जो भी इंग्रेडिएंट्स आज हम यूज़ कर रहे हैं सब कुछ नेचुरल है कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है बस आपको इस फेस पैक को वीकली वंस यूज़ कर सकते हो वीकली ट्वाइस यूज़ कर सकते हो जैसा बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स देगा इस फेस पैक का बेटर कि आप वीकली ट्वाइस यूज़ करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेगी आपको और आपके फेस पर जैसा ग्लो आएगा बहुत ही अच्छी ग्लो आएगा उसके साथ साथ आपको पिंपल्स दाग धब्बे जो भी हो सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा बेटर आप वीकली ट्वाइस यूज़ करने से आपके फेस पर जैसे ग्लो आएगा बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो आएगा और दाग धब्बे सब कुछ रड्यूज़ हो जाएगा आप वीकली ट्वाइस यूज़ करनी है इसको और 20 मिनट्स के बाद नॉर्मल पानी से नॉर्मल पानी से आपको वॉश करनी है आप देख सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और मेरे चैनल को आपके फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ सबके साथ शेयर करना तो भूलना मत सपोर्ट मी सो आई फील सो स्मूथ स्किन आशे वन वॉश सो so, आप भी जरूर ट्राई करना मस्ट ट्राई दिस फेस मास्क ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है नेचुरल है इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक ज़रूर करना शेयर ज़रूर करना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी नीयर टू वन एंड ऑल बाय बाय